ये कीमालू करती तो है ना चले चलो बाद में हम माता आलम से में सॉल्व दिया था बढ़िया 我画出来了 आज क्या कैमरे की लेग्स अवेलेबल है मैं ये मान अपन चेक रखेंगे जल्दी ला ये एक मिनट बोला एक लाख रुपया इनाम मिलकर तो बंदी ही चलनी चाहिए ना वहाँ पे इसमें चलाओ लो बंदी चल रही है उसमें चलाओ लो चलता रहना है साम यह चली ही नहीं तुम करा आपका तो जलना वापसी करो तो होते क्यों बंदा तो मना कर करते हैं <laughs>